यहाँ तेरी आती है जहाँ तेरी जाति है यहाँ तेरी आती है

जा मेरी जाती है मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है

झे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया सौ बार किया यार तेरी आती है जहाँ मेरी जाति है

फिर क्या मजबूरी है तेरे में

किया एक बार नहीं सौ बार किया सौ बार

देख मेरी जाने मन मेरा ये रिवाना पन हज से गुजर जाएगा आशिक तेरा मर जाएगा आज मुझे मालूम हुआ झूठी है तू तो दिल रुबा मौसम आए मौसम

ए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया सौ बार किया

मेरा कहना इनको कर दे तू तो मोहब्बत है खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत है खुशबू

मोहब्बत लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा मोहब्बत खुशबू मोहब्बत लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा महाब्बत समंद मोहब्बत सहरा

मोहब्बत समंदर मोहब्बत चेहरा मोहब्बत पे कैसे लगाएगा पहरा मोहब्बत खुशबू मोहब्बत लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा

चले चलना गुलाका महकना कभी न रुकेगा दिलों का जड़ना चलना गुलाका महकना कभी न रुकेगा दिलों का

सुसल हो तो रंगत से छल लेता कभी चंद चारों की आंखों से झल रंगे वफ़ा वे रंगों से गहरा रंगों से गहरा मोहब्बत है खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत पे कैसे

लगाएगा पहरा मोहब्बत मोहब्बत है सहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा मोहब्बत खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा

में डरे बेजबानों की बैसी इनकी नजर में मोहब्बत है ओ, उसे में डरे बेजबानों की पैसी इनकी नजर

कहीं से न आवाज कोई बताएगा तुझको तो नहीं राज कोई मोहब्बत सदा है समाना है पहरा समाना है पहरा मोहब्बत है खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत कैसे

लगाएगा पहरा मोहब्बत मंद मोहब्बत सहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा मोहब्बत खुशबू मोहब्बत लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा

कभी है ओ, कभी है हफीक कभी है इनायत कभी है बवाच कभी है मच

हजारों करोड़ों दिलों की इबादत मोहब्बत बुदा है खुदा है मोहब्बत सब कुछ इसी के दम पे है ठहरा दम पे है ठहरा मोहब्बत है खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत कह

लगाएगा पहरा मोहब्बत समब्बतरा मोहब्बत है मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा मोहब्बत है खुशबू मोहब्बत है लहरा मोहब्बत कैसे लगाएगा पहरा

स दे तू जो हंस दे

पता ना तुझको खबर है दिल भर मेरी क्या मजबूरी तुझको पता ना तुझको खबर है दिल भर मेरी क्या मजबूरी

जीवन में प्यार से सजा और भी है कुछ काम जरूरी मत

तो